हाँ लाल चटनी ले, ला ले कैसा है ये बात सही कराचा जी खिलाया जा रहे हो तुम खा नहीं पा रहे हो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोनों स्ट्रीट फूड इधर हमारी फुल्की इधर हमारे मोमोज है तो दोनों खाते और बताते कैसा है और इसका प्राइस क्या लोकेशन पर तो मैं आपको दोनों बताऊँ तो दिखा सकते हैं दुकान की लोकेशन क्या होगी कचेरी रोड एसएसपी एस आवास पंद्रह तो अगस्त हजार तो भाई हम लोग की मोमोज की प्लेट आ आतीन फ्राई मोमोज की क्योंकि देखने में तो आप बोल सकते हो एक नंबर लग रहा है तो आप खा के बताते हैं कैसा है आप बोल भाई मोमोज खाने की एक ही दिक्कत है एक बार में खाओ तो सी गरम बहुत लगता है तो खाने में तो बहुत ही अच्छा लगा शिकर तो भाई अब खाने जा रहे हैं मोमोज हाँ हाँ लाल लाल चटनी ले वो का कैसा लगा शिकर भाई भाई, भाई को भी एकदम अच्छा लगा तो आप भी आइए और खाइए आपको भी एक नंबर लगेगा शिखर भाई तरीके तो भाई हम लोग मोमोज रखी थे आप देख सकते शकल हम उसको ट्राई करते हैं कैसा है ये बात सही कर बहुत अच्छा है फिर हम ट्राई करते हो कैसी है बता के हैं। खुश हो गया यार आगे मजा आ गया खूब तो भाई भाई भाई खा रहा है है है एकदम एकदम चाचा चाचा हैं कैसी लग रही है? लग रही रही बढ़िया जी जी भयंकर खिला रहे भाई जल्दी खाओ जा रहे तुम खाए नहीं पा रहे हो चाचा जी की स्पीड मेंटेन में देख रहे है भाइयों ये पुल्की नहीं खा पा रहे है ये भैया चाचा भाई खड़े है कब से हा? बहुत जल्दी खेलाते हैं हाँ, हाँ, प्रैक्टिस एंगल की तुमने मजाक समझे हो तो भाइयों अगर आपको लोकेशन जाननी है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वीडियो पसंद है तो सबको लाइक कर दीजिएफिकेशन पॉलिस कर दीजिए मैं लेके सकते वीडियो पाने के लिए तो चलते हैं नया सीधे आपको नया क्या बोलते हैं नए खाने पीने की चीज मिलते हैं